सभी के दोनों हाथ परी महाराज

पे अपनी हाथरी लगा सकते हैं जिस किसी का भी मन हो और पिताजी महाराज को जो मानते हैं तो अपनी हाथी जरूर लगाएंगे और मेरे साथ में